हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है न्यूज़ न्यूजलाई हिंदी में दोस्तों आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों आज कृष्ण जन्माष्टमी है और दिन भर में पूजन के लिए पांच मुहूर्त हैं चलिए उसके बारे में जानते हैं और वृंदावन द्वारिका और पूरी के पुजारियों ने जन्माष्टमी पूजा के लिए क्या आसान विधि बताया है उसके बारे में भी जानिए तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज श्री कृष्ण का पाँच हज़ार दो सौ उनचासवा जन्मोत्सव है और रात के आठवें मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था इसलिए आज रात बारह बज के मिनट से बारह बजकर पैंतालीस मिनट तक मथुरा वृंदावन द्वारिका नाथद्वार के मंदिरों में श्री कृष्ण जी का पर्व मनाया जाएगा और लोग अपने घरों में भी इस समय यानी रात्रि को बारह से बारह तक कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे आधी रात के मुहूर्त के साथ ही पूजा के लिए दिन भर में कुल पाँच मुहूर्त हैं और इस त्यौहार के आठ बड़े शुभ योग बन रहे हैं जो ऐसा पिछले 400 वर्षों में नहीं हुआ है इसलिए आइए चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर्व की खास दिन के बारे में तो दोस्तों इस चलिए सबसे पहले जान लेते हैं जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में तो पहला चरण है सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएँ वस्त्र चढ़ाएँ फल फूल चावल आदि चीज़ें चढ़ाएं और धूप जो धूप दीप उसको जलाएं। अगला चरण क्ली कृष्णाएँ नमः मंत्र बोलते हुए श्री कृष्ण की पूजा करें शुद्ध जल और पंचामृत से अभिषेक करें अगला चरण भगवान को जनेऊ चढ़ाएं चंदन चावल अबीर और गुलाल चढ़ाएं। नए कपड़े पहनाकर आभूषण से सजाएं कृष्ण जी को उसके बाद हार फूल फल और तुलसी पत्र चढ़ाएं सूखे मेवे मिठाई मक्खन मिश्री चढ़ाएं और पान चढ़ाएं धूप दीप दिखाएं नारियल पर पैसे रखकर दक्षिणा अर्पित करें और भगवान को झूला जुला झुलाएँ अगला चरण चंद्रमा को अर्ध दें बलराम यशोदा माता और गाय की मूर्ति को इसी तरह पूजा करें कपूर जलाकर आरती करें इसके बाद परिक्रमा करें पूजा में हुई अनजानी भूल के लिए क्षमा याचना करें और आखिरी में प्रसाद लें और बांट दें फिर भजन कीर्तन करें